एक mm. दो mm. mm. mm. कौन आ हा बोल अरे पबजी खेलने के लिए आ सारी टीम रेडी है नहीं यार आज से ओनली जी साला नल्ला ही मरेगा सात सिंगल नौ दस बारा तेरा पच्चीस dheere dheere se meri zindagi mein aana dheere dheere are jaana kidhar hai kidhar ke kidhar ke aaye aaye hai haai oi nitki nitki nitki nitki ई, <Sigh> ऐ <Sigh> उसको उसको मार उसको मार वो, एक वो उनको। ओ, अच्छा, है। चल भाई तो किधर जा रहा है बाहर जा रहा हूँ पैंट कौन तेरा बाप पहने a uh. पानी पानी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> है है, होता है। तुम्हीं करा, करा, कमेंट करा सब्सक्राइब करा